तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बहुत सालों बाद फिर से लौटाया हूं मैं अपना वीडियो लेके तो आज बहुत दिन हो चुका है मैंने अभी तक तो वीडियो अपलोड नहीं किया है तो आज से रेगुलर वीडियो मेरा आएगा तो रेगुलर वीडियो आएगा उसके लिए तो एक लाइक बनता है भाई सब क्योंकि आज से रेगुलर वीडियो आएगा देखो मैं कितने एच में बच चुका हूँ यहाँ पर तो पूरी कोशिश मेरी जब भैया हम लोग ले ली तो गैस क्या हम लोगों को भूया यहाँ पे मिल सकता है या नहीं गैज आप लोग सपोर्ट करो हम लोग भूया लेते हैं एक घूम के जाएंगे भाई ये एक मतलब ओ का न्यू अपडेट जब आया था तभी गेम प्ले कर रहे थे हम तो उसी का गेम प्ले है ये तो गैस वीडियो कैसा लगा लास्ट में कमेंट करके बताना और भाई सब देखते जाओ ओ भाई, भाई रुक जा तो भाई किधर किधर रुक रुक जा, जा, जाता जाता सपोर्ट करो, करो, लाइक और तेरे को थोड़ी बोल रहा है भाई। मैं गाइस को बोल रहा है भाई इधर ये इधर से आया तेरी आगे भी एक एडमी है।, है, है।, ओके ओके। है, है भाई क्या हम लोग भूया ले लेंगे भाई, भाई, भाई, भाई देखते है थोड़ा नीचे चलते हैं कार 98 का एक छोट वो मिस हो गया मिस हो गया वो भाई तो वो भाई भूआा लगा लिया इसमें बैठ गया वो गाइस तो सभी को सभी को बोल रहा हूँ लाइक कर देना ला। और आज से डेली वीडियो आएगा और आप लोगों को वो भी छठ का पूरा अपडेट का डिटेल्स भी बताऊँगा तो ये छोटा सा क्लिक मेरी तरफ से ओ के ओ मतलब अपडेट आने के बाद से तो ओ का अपडेट तो आ ही चुका है और साथ ही साथ ही साथ मतलब गोल्ड रॉयल का बेडल भी आ चुका है भाई रात को बारह बजे तो हम लोग तो गोल्ड रॉयल का बेडल रात को बारह बजे निकालते ही है और क्यों ना निकाले भाई गोल्ड भाई फ्री में मिलता है भाई क्यों नहीं तो गोल्ड का तो बंदर भी हम लोग साथ निकाल लेते हैं मतलब भगवान बारह बजे वीडियो बना रहा हूँ और अपलोड कर दूंगा रात को ही तो आप लोग देखना पूरे वीडियो देखना ठीक है तो वाह मेरे तो बहुत गोल्ड खा रहा है वैसे निकल जा निकल जा निकल जा बाबू लोल निकल जा लोल निकल, जा, लोल। निकल गोल भाई टट्टी ही निकल रहा है भाई भाई निकल जाए गोल भाई सब निकल जाए वो है तेरी निकल निकल निकल निकल निकल निकल, निकल। आ, आ गया गया गया गया गया आ गया, आ गया, आ गया, आ जा गया, गया। रहा नहीं जाता तड़प है ना गैस रुक जाओ एक बार देख लेते दे बैक करके थोड़ा सा निकल जाए से। हाँ फिर से चलते हैं अभी ट्रेन का स्पिन मारते हैं ऐसे <tell> ही, ही देना था तो तर पाया क्यों जा ना तो गैस रात बड़े बड़े बंडल हम लोग निकाल चुके हैं और भाई भाई कौन कौन को निकाला है कमेंट में बनाना भाई गुड बाय गुड नाइट